सीक्रेट ऑफ सक्सेस इस वीडियो में मैं आपको सफलता का रहस्य बताने वाला हूँ तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए एक बार एक नौजवान लड़के ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है स्वामी विवेकानंद ने उस लड़के से कहा कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो और वो मिले फिर स्वामी विवेकानंद ने नौजवान से उसके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा और जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया तभी अचानक स्वामी विवेकानंद ने उस लड़के का सर पकड़ के पानी में डुबो दिए लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा लेकिन स्वामी विवेकानंद ताकतवर थे और उससे तब तक डुबोए रखे जब तक कि वो नीला पड़ने लगा फिर स्वामी विवेकानंद ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकालते ही जो चीज़ उस लड़के ने सबसे पहले की वो थी हाँते हाफते तेजी से सांस लेना स्वामी विवेकानंद ने पूछा जब तुम वहां थे तो तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे लड़के ने उत्तर दिया सांस लेना। स्वामी ने कहा यही सफलता का रहस्य है जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे तो वो तुम्हें मिल जाएगी इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है दोस्तों जब आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं तो मोर ऑफन देन नॉट वो चीज़ आपको मिल जाती है जैसे छोटे बच्चों को देख लीजिए वे ना पास्ट में जीते हैं ना फ्यूचर में वो हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं और जब उन्हें खेलने के लिए कोई खिलौना चाहिए होता है या खाने के लिए कोई टॉफी चाहिए होती है तो उनका पूरा ध्यान और उनकी पूरी शक्ति बस उसी एक चीज को पाने में लग जाती है एंड एज अ रिजल्ट वे उस चीज़ को पा लेते हैं इसलिए सफलता पाने के लिए फोकस बहुत ज़रूरी है सफलता को पाने की जो चाहता है उसमें इंटेंसिटी होना बहुत ज़रूरी है और जब आप वो फोकस और वो इंटेंसिटी पा लेते हैं तो सफलता आपको मिल जाती है सो so गाइस आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को ज़रूर प्रेस करें